कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर पाठ्यक्रम में इस सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के लिए कुछ और एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे हम देख चुके हैं कि स्ट्रिंग को कैर टाइप के एरे को यूज करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है हमने ये भी देखा था कि C++ स्ट्रिंग हैंडल करने के लिए बहुत से यूजफुल लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइड करता है वास्तव में हमने केवल दो फंक्शन को देखा है हम बहुत से अन्य लाइब्रेरी फंक्शन और जो प्रोसेसिंग ये फंक्शन करते हैं उनको भी देखेंगे इस सत्र में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग प्रोसेसिंग के लिए जरूरी कुछ और प्रॉब्लम्स हम दो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से शुरू करते हैं एक हम वो स्ट्रिंग रीड करना चाहते हैं जिसमें व्यक्ति का फर्स्ट नाम और लास्ट नाम है सिर्फ दो नाम परंतु ये एक या एक से अधिक ब्लैंक स्पेस से अलग किए गए हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में हम क्या पाना चाहते हैं कि हम इन दोनों फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम को अलग करना चाहते हैं और प्रत्येक पार्ट को अलग एरे में स्टोर करना चाहते हैं तो एक एरे फर्स्ट नेम स्टोर करने के लिए और अन्य एरे लास्ट नेम को स्टोर करने के लिए होना चाहिए दूसरी प्रॉब्लम वास्तव पहली का एक्सटेंशन है इसके अनुसार उस इनपुट लाइन को रीड करो जिसमें बहुत से वर्ड एक या एक से अधिक ब्लैंक स्पेस से अलग किए गए हों उन प्रत्येक वर्ड को अलग करके इसे उपयुक्त एरे में स्टोर करें चलो पहले सिंपल प्रॉब्लम को देखते हैं पहली प्रॉब्लम जहां हमें ऐसी स्ट्रिंग दी गई है जिसमें दो नेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है यहाँ कुछ सैंपल नेम है जो कि लोग हमें दे सकते हैं जब हमारा प्रोग्राम रन करेंगे तब उदाहरण के लिए नंदलाल सारदा अब इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच केवल एक ही ब्लैंक स्पेस है दूसरे सेट को देखो वर्षा ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक आपटे तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच कई स्पेस है तीसरा भी बहुत ही अलग है दस्तगीर इसमें कोई सेकेंड नेम नहीं है तो लास्ट लाइन जिसे सैंपल इनपुट की तरह दर्शाया गया है उसमें केवल एक नाम है हमें नहीं मालूम कि यह फर्स्ट है या लास्ट है परंतु इस सेंटेंस में जो भी है लाइन में एक ही नाम दिया गया है हम ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहेंगे जो कि यूजर इनपुट में इन सभी संभव परिवर्तनों को हैंडल कर सके हम अपना प्रोग्राम इस तरह डिजाइन कर रहे हैं कि पहले हम दी हुई लाइन को कैरेक्टर एरे में रीड और स्टोर करेंगे चलो इसे नेम स्ट्रिंग कहते हैं हम 60 साइज लेते हैं क्योंकि हम नेम के दो पार्ट फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम को एक साथ ब्लैंक के साथ 60 कैरेक्टर से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हमें इन दोनों पार्ट्स को अलग करना होगा तो हम दो कैर एरे को डिफाइन करते हैं एक को फर्स्ट नेम और दूसरे को लास्ट नेम कहते हैं हमने इनका साइज 60 लिखा है बेशक ज्यादा है परंतु ये ये गारंटी देता है कि यदि लाइन में सिंगल नेम या वह नेम बहुत लंबा भी हो तो ये उसे इसमें या फिर इसमें एकोमोडेट कर सकती है हमारी योजना सिंपल है हम नेम स्ट्रिंग एरे को इंडेक्स आई यूज करके स्कैन करते हैं आई जीरो से स्टार्ट होगा ये सभी आगे आने वाले कैरेक्टर को नेमस्ट्रिंग एरे में देखेगा और हम इस तरह नेमस्ट्रिंग के लेंथ तक जाएंगे जब हम इस एरे को स्कैन कर रहे होंगे हम पहले फर्स्ट नेम को असेंबल करेंगे और प्रिंट करेंगे जिसके लिए हम इंडेक्स जे यूज करेंगे हम नॉन ब्लैंक कैरेक्टर तक सर्च करेंगे क्योंकि फर्स्ट नेम में नेम होता है जिसमें नॉन ब्लैंक कैरेक्टर्स होते हैं यदि हम इसे सर्च करते रहेंगे जब तक की लास्ट नॉन ब्लैंक कैरेक्टर को रीड नहीं कर लेते एक बार जब ब्लैंक कैरेक्टर दिखता है वर्ड खत्म हो जाता है उसके बाद हम किसी भी आगे के ब्लैंक को छोड़ देंगे और फिर लास्ट नेम को असेंबल और प्रिंट करते हैं फिर से इंडेक्स जे को री करके यहाँ एक प्रोग्राम है नोट करें कि यहाँ हमने दोनों लाइब्रेरी सी स्ट्रिंग और सी एस को इंक्लूड किया है जो कि हमें दोनों फंक्शन को यूज करने की अनुमति देता है जो कि हम पहले देख चुके हैं ये एरे और वेरिएबल्स नेम स्ट्रिंग फर्स्ट नेम लास्ट नेम की डेफिनेशन है हमारे पास एन है जिसे हम नेम स्ट्रिंग एरे में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं और हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ f और लेंथ l है i और j इंडेक्स वेरिएबल है जिसे हम यूज करेंगे जैसा हमने पहले कहा था पहले हम गेटस फंक्शन यूज कर नेमस्ट्रिंग को रीड करेंगे और हम एन को नेमस्ट्रिंग की लेंथ के बराबर कैलकुलेट करेंगे हम इस नेमस्ट्रिंग एरे को स्कैन करना स्टार्ट करते हैं तो हम i इक्वल टू जीरो से शुरू करते हैं हम फर्स्ट नेम को असेंबल और प्रिंट करेंगे नोटिस करें उस आइटरेशन को जो हमने इसके लिए सेट किया है पहले j इक्वल टू जीरो i लेस देन n कैर i प्लस प्लस j प्लस प्लस तो हम क्या कर रहे हैं कि जब हम फर्स्ट नेम को असेंबल करते समय हम j इक्वल टू जीरो से शुरू करते हैं जो कि फर्स्ट नेम एरे के लिए इंडेक्स हो सकता है जैसे ही आई इंक्रीमेंट होगा या एक से हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं की है। हम एनकाउंटर होते हैं वह ब्लैंक नहीं है ये करंट वर्ड का पार्ट होगा तो हम उसे फर्स्ट नेम में इंसर्ट करते हैं ध्यान दें की हम नेम स्ट्रिंग के आयथ कैरेक्टर को पिक करते हैं और इसके फर्स्ट नेम के जेथ कैरेक्टर में इंसर्ट करते हैं क्योंकि फर्स्ट नेम equal to 0 से शुरू होता है जैसे ही हम blank space से encounter होते हैं यदि यह statement valid नहीं होता यह इसके बराबर नहीं होगा मैं इसे execute नहीं करूंगा परंतु इस else part में आ जाऊंगा जो की break है तो ये loop iteration टूट जाता है जैसे ही यह blank character से encounter होता है जिसका अर्थ है कि यह first name खत्म हो चुका है अब हम फर्स्ट नेम के लेंथ के रूप में जे की करंट वैल्यू जे को डाल सकते हैं याद रखें जे हमेशा हमने जो भी कैरेक्टर असेंबल किए हैं उससे एक आगे इंक्रीमेंट होता है हम इस पार्ट में सिंपली स्लैश जीरो या फर्स्ट नेम स्ट्रिंग में टर्मिनेटर कैरेक्टर पुट कर सकते हैं और फर्स्ट नेम स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं अब हम यही सेकेंड स्ट्रिंग के साथ कंटिन्यू करेंगे परंतु उससे पहले यदि हमारे पास कोई ब्लैंक स्पेस आता है जो कि लगातार है हमें उन्हें इग्नोर करने की जरूरत है तो यहां पर एक छोटा सा लूप है जो कि लगातार ब्लैंक को स्किप कर देता है वाइल डेन स्ट्रिंग आई इक्वल टू इक्वल टू ब्लैंक आई प्लस प्लस ये ये करता है कि यह सिंपली आई को तब तक इंक्रीमेंट करता है जब तक कि आई ब्लैंक स्पेस मिलते हैं इसका मतलब है कि जब यह लूप खत्म होगा तो मेरे पास सेकेंड नेम का पहला नॉन ब्लैंक कैरेक्टर होगा अब यदि मैं स्ट्रिंग नेमस्ट्रिंग से एनकाउंटर हो चुका कृपया याद करें कि लास्ट नॉन ब्लैंक कैरेक्टर स्लैश जीरो होना चाहिए यदि ऐसा होता है तो फिर मैं कहता हूं मैं नेमस्ट्रिंग के अंत में पहुंच चुका हूं यहां और कोई नेम नहीं है अभी तक मैंने एक ही नेम कलेक्ट किया है तो मैं एक्सप्रेशन प्रिंट करूंगा कि दी गई स्ट्रिंग में केवल एक ही नेम है और मैं फ्लैग माइनस वन के साथ रिटर्न होऊंगा ध्यान दें कि यह कोड मुझे ऑड नेम जैसे दस्तगीर को हैंडल करने की अनुमति देता है जो कि हमने अपने सैंपल में देखा था दूसरी तरफ यदि मेरे पास दो पार्ट्स हों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो फिर लास्ट आइटरेशन एग्जीक्यूटिव ब्लैंक को संभालेगा मैं अब लास्ट नेम को असेंबल और प्रिंट करवा सकता हूँ ये फिर बिल्कुल उसी तरह से है जैसे फर्स्ट नेम असेंबल हुआ था सिवाय इसके कि मैं नेम स्ट्रिंग आई नॉट इक्वल टू ब्लैंक को देख रहा हूँ और सभी नॉन ब्लैंक कैरेक्टर को लास्ट नेम की जेथ पोजिशन में इंसर्ट करता है हमेशा की तरह यदि मैं ब्लैंक से एनकाउंटर होता हूँ मैं ब्रेक यूज करके लूप से बाहर आ जाऊँगा मैं लेंथ एल को जे के रूप में सेट करूँगा स्लैश जीरो लास्ट एलिमेंट के रूप में डालूंगा और प्रिंट करूंगा कि लास्ट नेम में बहुत से कैरेक्टर हैं और यह लास्ट एलिमेंट की वैल्यू होती है ये अच्छी अप्रोच है हमें कहा गया था कि यहाँ नेम के दो पार्ट्स हैं और इसलिए हमने इन्हें दो डिफरेंट एरे के लिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम असाइन किया है परंतु क्या हो अगर वह बहुत से पार्ट्स हों तो जैसा कि सेकंड प्रॉब्लम में है आपको याद है सेकंड प्रॉब्लम में दिए गए सेंटेंस में कई वर्ड्स थे जो कि एक दूसरे से एक या अधिक स्पेस द्वारा अलग एरे या अलग स्ट्रिंग में अलग किए गए थे अब यह बहुत ही लमजी हो जाएगा कि हम डिफरेंट वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए डिफरेंट एरे को डिफाइन करते रहें टू डायमेंशनल एरे या मैट्रिक्स का यूज क्यों नहीं किया जाता जहाँ हर रो एक वर्ड कंटेन कर सकती है और मैट्रिक्स में कई रो हो सकती हैं उतनी जितने की हमें सभी वर्ड्स रखने के लिए ज़रूरी है। हम इस विशेष अप्रोच को अगले सत्र में देखेंगे इस सत्र में हमने अध्ययन किया कि किस तरह स्ट्रिंग में दो वर्ड को अलग करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद